No god No god please no No Toh mai bhai log kaise aap sabhi log aur bhai kaise chal raha hai rank push aur hum bhai comment ke bhai simple bata dete hai aap kaun se tier bhai kaun se rank pe ho mai toh bhai pahunch chuka round 4 aur apun bhai aaj raat tak laga denge round 2 apna bhai kal kar lenge is अपना भाई ये टारगेट है डेली भाई टू हंड्रेड पॉइंट तो मैं लोग बात कर लेते भाई यहाँ गेम प्ले की तो ये गेम मैंने भाई कल शाम के टाइम पे खेला था उसी में मैं रिकॉर्ड किया था और भाई क्राउन पे भाई लॉबी कुछ तो भाई बहुत ज़्यादा ही हार्ड आ रही है आप जिस पर देख सकते भाई लास्ट सर्कल भाई पाँच सर्कल है उसमें भाई चालीस बंदे लोग अभी यहाँ और भाई हैकर के साथ साथ भाई लॉबी हार्ड आ रही है आजकल भाई हैकर भी भाई आ जा रहे हैं मैं भाई आज सुबह ही मैं एक हैकर नहीं में मारा उतरते ही मारा मेरा भाई मैनस नहीं हुआ मेरा भाई टायर प्रोडक्शन कार्ड ऑन था तो मैं बच गया इन्हें anyway, भाई लोग आप भी रेंथफुल भाई स्टार्ट ही रखो ठीक है क्विट भाई मत करना डेली भाई अपना जो भाई टारगेट में कंप्लीट करते रहना भाई क्राउन के लिए भाई 200 और भाई सब डायमंड के लिए 200 हंड्रेड और बाकी सिर्फ के लिए भाई 300 भाई 400 पॉइंट प्लस और बाकी सब लोग गोल्ड वाले 400 सौ बाईटिनम वे तीन सौ भाई करते और आपको भाई वन वीक के अंदर कॉन्ट के मिल जाएगा सिम्पली पता है भाई हैकर आ रहे भाई माइनस भी हो प्लस भी होते रहे कोई दिक्कत नहीं लेकिन भाई कोशिश करते रहे ठीक है ट्राई करते रहे भाई लोग कभी क्विट मत करना तो यहाँ पर भाई जोन हो चुका था भाई स्टार्ट होता होने ही वाला था मैं अकेले भाई निकल लेते हैं जोन की तरफ अभी आप बस आगे देखो भाई मैं सर्वाइव हुआ कैसे कैसे करता हूँ भाई बस आप आगे दिखते रहना भाई एक से एक भाई क्रिटिकल भाई सिचुएशन हो जाते हैं मेरे को भाई सर्वाइव कैसे करता हूँ तो, तो भाई लोग ये वाला गेम तो भाई हमारी गेम साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ है हमारी रिकॉर्ड हुआ है लेकिन बहुत कम है पता ही नहीं मैं चाहिए बहुत कम है लेकिन कोई बात नहीं आ पाया इसी देख लो ठीक है यहाँ पर भाई मैं जोन के अंदर भाई ऑलमोस्ट भाई आई चुका था और सारे बंदे भाई देख भाई पूरे भाई थर्टी थ्री लो भाई गाड़ी लेके बस यहाँ वहाँ घूम रहे कुछ ही बंदे रहेंगे जो भाई सेंटर पकड़े रहेंगे अपने कवर भाई वाइड भाई लेके बैठे रहेंगे लेकिन जोन में पूरा भाई ओपन बना था पूरा भाई क्या ही कर सकते सब भाई गाड़ी लेकर घूम रहे होते और बंदे से भाई ठोकर हो जाती है मेरे लगा भाई बंदा उतर के मारेगा तो अपना फटाफटा से निकल लेते लेकिन भाई ऐसा कुछ होता नहीं है सिमटोबर ना बच जाते हैं और आप देखो भाई ईजिली देखो एच पकड़ते हैं जोन का आपको होल्ड करते हैं और जो सामने भाई बैड वाला देखो मेरे को भाई कितना भाई परेशान करेगा बी एड वाला यहाँ पे भाई लोग भाई जोन को भाई सर्वाइव करने के लिए भाई मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ तो आप लोग भाई देखना एंड टक पूरा वीडियो जरूर आप भाई देख के एंड टक भाई सवाइव कर लोगे जोन के अंदर तो यहाँ पे मैं भाई अपना भाई हीलोल करते रहता भाई फूल फूल करते भाई शांति में बैठ के बिना कुछ भाई उंगली उंगली किए तो तभी देखो भाई मेरे भाई क्या होता है अचानक से ये ब्याडे वाले कोई इतना हरामी ही रहता है मेरे को बस पता कहते हैं किल करने के लिए आते क्या आप कैसे कैसे बच जाते हैं यहाँ पे अब बैडी वाला एक और बार ट्राई करेंगे अपना भाई किल करने की लेकिन आप भाई वापस बच जाएंगे अब देखो ये ब्याडी वाला ना मेरे को भाई किल करके ही छोड़ता है लेकिन हम भाई पूरा लास्ट पर किल करता है लेकिन आपको भाई चुपते भाई पता था भाई टॉक्टर कैसे करने का इजीलिए और मैं इसके भाई डॉक्टर निकाल लेता हूँ इज़िली आराम से टॉप सेवन है टॉप फाइव गुना दे देते हैं यहाँ पे बस आप देखते हैं इतने हार्ड लॉबी आने के बाद जब हम कैसे निकाल देते हैं आपको बहुत बस सेम वही पिक करना है और कुछ करना नहीं जाता तो भाई लोग सिंपली आपको कोई कुछ करना है नहीं है भाई सिंपली आपको जहाँ आप उन भाई तीन जन रुकते थे वो बोलता था अब तो आप कौन पास सिंपली भाई चार जन रुकना है ठीक है और आपको कम से कम कोई पैंतीस भाई बेंडेड लेना पड़ेगा ठीक है भाई सीधी बात भाई पैंतीस भाई लेना पड़ेगा क्योंकि आपको ही चार जन बाहर रहना पड़ेगा तो भाई पैंतीस बैंडेज ले लो चार पाँच मतलब कोई जितने फर्स्ट एड मिले उतना भाई फर्स्ट एड ले लो और भाई बूस्टर पास रहना बहुत जरूरी है और जैसे बहुत फिफ्थ सर्कल बन है तुरंत भाई आके आप भाई उसके एच पकड़ लो और एच देखो भाई ऐसे पकड़ना जो आपको एक कवर रहे ठीक है पीछे तो एक कवर रहना चाहिए जो उनका लेकिन आपको जो भाई आगे से भी कवर रहे है आप बस एक ही साइड देख देखना रहे ठीक है अब भाई लेफ्ट देखो चाहे राइट देखो लेकिन आप बस एक ही साइड पर देखना पड़ेगा ऐसा नहीं आप भाई चारों तरफ से देखना पड़ेगा आपको ठीक है तो आपको एक तीन तरफ से कवर रहे और एक तरफ आपको अपोज थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ऐसा करो ऐच पर आ पकड़ो लास्ट में तो देखो भाई सेम बस वही करता हूँ ठीक है सारे जैसे जोन बनते जाते हैं मैं सबका भाई ऐच पकड़ते जाता हूँ और इजिली भाई कवर लेते रहता हूँ और यहाँ पर मैं बक्की जाती ज़रा भाई लेग उ रहता हूँ लेक मार रहा ज़रा भाई लॉबी इतनी खतरनाक आ रही है ये बीआरडी आर डी वाला मुझे अभी और भी कोई क्या बोलता है आप सुनना आई थिंक भाई आवाज़ आएगी नहीं बच्चा सुनना भाई क्या बोलते हैं मेरे को तो आपको तो भाई पता है इतना ही भाई यूज़ करना है ठीक है आप इजीली पहुंच जाओगे देखो भाई जैसे मैं भाई कवर लगा रहा है सिम को वैसे ही कवर लगाना देखो अब वो आगे पीछे भाई कवर रहना चाहिए मसल हो रहा भाई लेट अब हमेशा भाई बग्गी उठाना बग्गी में आप कोई बच सकते हो आप भाई दोनों टाइग पर बीच में बढ़ी जाने का छुपचा कुछ को कुछ नहीं दिखेगा किसी कुछ नहीं पड़ेगा अगर तो कोई बंदा भाई टायर पर छोड़ दे तो थो भाई दिक्कत हो सकती है भाई जून में जाने के लिए तो भाई ऐसी यहाँ पे भाई लोग बिहार फिर अपने पास आ जाते हैं तो मैं भाई पहले भाई सावधान हो जाता हूँ और भाई भाई क्या बोलता हूँ सुनना आप कर लो, कर लो। तो यहाँ पे ये बंदा अपने भाई थोड़ा हेल्प कर रहा है तो भाई अच्छी बात है कोई बात नहीं लेकिन भाई तभी कोई बंदे बंदा भरोसा नहीं होता है भाई लेकिन कभी आप भाई सोलह में किसी तो भाई ट्रस्ट भाई मत करना आप भाई सीधा फिनिश हो जाओगे गलती से इससे बहुत बार ऐसे हम हो चुका है भाई लास्ट में पूछते रहेंगे भाई जैसे बाहर निकला होगा भाई तुरंत वो पीटी बन जाएगा तो कभी आप भरोसा मत करना किसी के तो भी हमेशा भाई सावधान रहना तो मैं भी भाई हो चुका था नैक्सम स्टार्ट तो आप फोटाफा बगल से निकल लेते हमें भाई सोचते रहो भाई रुके तो रुके काम है भाई डायरेक्ट भाई घर कुछ नहीं करता ऑलरेडी बंदे थे और यहाँ पर सोचता बी आर एम को साथ में चलते रहो लेकिन बी वाला अपने कोई लास्ट में कोई यही भाई मार देता है बी वाला ही जो बोलता है भाई तुमको बताऊँगा भाई यही देता है देते देखो अभी आप पेंटअप तो भाई लोग आज के वीडियो का हम ये खत्म करते हैं तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में तब तो वीडियो का पेंटअप भाई पूरा जरूर देख के जाना और जो भाई भाई न्यू आ भाई लाइक एंड सब्सक्राइब भाई जरूर कर देना